भी सरगर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कुछ दूर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर प्रसन्न हुई वह पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई लेकिन वह फिसलकर नदी में गिर गई वह जब डूब रही थी तब उसे एक कबूतर ने देख लिया वह कबूतर जो कि पास के ही एक पेड़ पर बैठा हुआ था उसने उसकी मदद की चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई फिर कबूतर ने पत्ते को बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया इस तरह चींटी की जान बच गई और वह हमेशा कबूतर की रेड़ी रही इस घटना के बाद चींटी और कबूतर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते लेकिन एक, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा यह सब वह चींटी देख रहा था जिसे कि उस कबूतर ने बचाया था यह देखकर चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया जिससे वह दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिर गई कबूतर शिकारी की आवाज़ से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया जब वह शिकारी वहां से चला गया फिर कबूतर वहां उस चीटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया इस तरह दोनों दोस्त विपद के समय में भी एक दूसरे के काम आए